दोस्तों क्या आपने कभी नहीं सोचा कि कृष्ण के साथ हमेशा राधा का ही नाम क्यों जुड़ता है राधा कृष्ण राधा कृष्ण दोस्तों इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कृष्ण और राधा एक ही है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिनके बारे में सुनकर कृष्ण की पत्नी रुकमणी होने के बाद भी राधा रानी का नाम सबसे ऊपर क्यों आता है तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है की ऐसा क्यूँ है दोस्तों तो नारद जी भी कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करते थे जब नारद जी ने तीनों लोगों में राधा राधा की स्तुति को सुना तो वे बहुत ही चिंतित हो गए, बहुत सोचने लगे कि राधा में ऐसा क्या है जो उनकी स्तुति पूरे जगत में हो रही है और इसका जवाब पाने के लिए नारद जी ने कृष्ण जी के पास जाने का निर्णय लिया और इस सवाल का उत्तर पाने के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुँच गए लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान के सर में बड़ा ही दर्द हो रहा था जब नारद जी ने उनसे उनकी पीड़ा का उपचार पूछा तो कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया मेरी पीड़ा कम हो जाएगी नारद जी चिंता में पड़ गए उन्होंने सोचा अगर कोई भक्त अपने भगवान को अपने चरणों से धोया हुआ पानी पिलाएगा तो वो तो महान नर्क में चला जाएगा उसके बाद नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी रुकमणी के पास पहुंच गए कि शायद वो ऐसा कर दें फिर क्या था ने ना को सारी बात बताई और जी ने कहा कि मैं अपने चरणों का धोया हुआ पानी कृष्ण भगवान को पिलाकर पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती उसके बाद नारद जी सीधे राधा के पास पहुँच गए और राधा को नारद जी ने सारा हाल सुना दिया राधा ने सुनते ही एक पात्र में पानी लिया और उसमें अपने पेड़ बो दिए और उस पानी को कई छोटे छोटे पात्रों में भरकर कर नाराजी से बोली तुरंत इसे कृष्ण के पास ले जाओ और वह बोली कि मैं जानती हूँ यह घोर पाप है और मुझे इसका दंड मिलेगा परंतु अपने प्रिय गये जीवन के सुख और स्वास्थ्य के लिए जीवन में कोई भी दुख भोगना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूँ यह सुनकर नाराजी सब समझ गए जब कृष्ण भगवान किसी से प्यार करते है तो वो उसकी इम्तिहान भी लेते हैं इसी से जुड़ा है दूसरा प्रसंग राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर दासियों की इच्छा होती थी कि एक बार राधा को परेशान किया जाए उन्होंने कहा की कृष्ण ने यह दूध तुम्हारे लिए भेजा है और राधा ये सुनते ही गर्मा गर्म दूध दासियों के समक्ष ही पी गई राधा को वह गर्म दूध पीकर कोई कष्ट नहीं हुआ जब दासिया कृष्ण के पास लौटी तो उन्हें देखा कि कृष्ण के मुंह में अत्यधिक दर्दनाक छाले हो गए हैं। यह देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और यह कहानी भी दर्शाती है कि कृष्ण से राधा कितना जुड़ी हुई थी